कर थी जो एक ये तो बार बनता है ठीक है है तो तो के करेंगे हो ऐसे

एक एक और भी बोल रहे हैं डेंड्रेक्सन आज तो जीत कौन देगा? नहीं नहीं जीतेंगी नहीं पहले पढ़ी मार्ग की चीजों के तो जीत पे जींगी मैं मेरी चीज तो पूरी करना ही है आज तो मौसम नहीं आने वाला मैं मैं नहीं बोलूंगा दूसरे बने रहेंगे अपने करके नहीं आएंगे यार वो शिफ्ट आता है और